आ गए कैसे हो आप लोग हम अभी तो खा रहे हैं ऊपर पे हैं नेक्स्ट वीडियो आपको बोला था ना जो जो मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो वो अभी हम लोग खा रहे हैं उसके बाद हम नीचे उतरेंगे उत क्यों नहीं उस पार जो है वो बंद है बोल रहा था वो हम जाएंगे उसको घूमने उसके बाद हम नीचे जाएँगे अब खाना हो रहा है हमारा वो वीडियो नहीं बनाया हम लोग क्योंकि चार मोबाइल में उतना चार्ज नहीं है जितना हम चाहते थे उतना वो देख लो ये क्या पार्क कर रहा है क्या नहीं क्या नहीं दिखा रहे हैं आपको। भाई लोग जो मैं बोल रहा था वो देखो ये हम ज़्यादा तो खाने के लिए नहीं लाए ये मुरे, मुरे, मुरे लाए और ये पाँच का चटनी जो था वो वो लाए वो हम बनाए हैं पाँच के साथ वो जो क्या बोलते हैं उसको ये लहसुन और मिर्ची दे मिर्ची और नून लेके ज़्यादा मिले कुछ ना और कुछ नहीं लेकिन ज़्यादा मिले यहाँ पाँच लोग हैं ऊपर जो पर्वत वो मोना पर्वत है उसके ऊपर है हम लोग गाय जो मैं बोल रहा था वो मैं नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि गाय देख सकते हो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 लोग ये नजारा कैसा है इस वीडियो में फिरनारे, फिरनारे, फिरनारे, फिरनारे तो तो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना भाई ना बहुत देखो नज़ारा अच्छा है जो कॉमेंट सेक्शन में जो बता सकता है वो ही बता सकता है क्योंकि नज़ारा है जो खाना कम हो गया है क्योंकि पानी बड़ा ज्यादा है देख है भाई। अभी हम जाने क्योंकि हमारा गया। गया। ये मेरा देख तो नजारा भाई मैं दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा क्या भाई जाओ मेरा एक सफर घुस गया इतना ऊपर आगे क्योंकि हमारे पास खाना भी नहीं है जितना हम लेके आए थे में दोर। मैं खुद कहना चाहता हूँ अभी खाऊँगा अभी हम जाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास खाना उतना नहीं है जितना कि हम चाहते थे हम जा रहे हैं ज़्यादा वीडियो भी बना नहीं, नहीं सकते क्योंकि चार्ज भी कम है मोबाइल पे हम जा रहे हैं बाय दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट सर्च ना करना चाहते हैं कर लीजिए